motivated इन वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट सपोज बिजनेस एंड स्टार्टअप लाइक करने से पहले वो थॉट्स आते हैं दैट यू कै नॉट डू इट एंड इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसज ये पे थॉट्स आ जाते हैं यू के नॉट डू इट ऑल्टो अंडर से है कि हाँ आई कैन डू इट बट वो थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं इज अट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन द एन्वामेंट की निगेटिव वाइब्रेशन बिकॉज इन Uh, world, are so, what of that? आपने दो अलग अलग चीजें पूछी है एक आपने पूछा है कोई एंट्रेंस आपको क्रैक करना है जहाँ पे लाखों लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा ये आना भी चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि रियालिटी के बेस पे है ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं घर से जंगल में जाऊंगी आधी रात को तो कुछ जानवर आकर के मुझे खा सकते हैं ये थॉट आना चाहिए नहीं आना चाहिए या फिर आप जंगल में पूरा जोश में जा रहे हो पॉजिटिव हूं मैं <laughs> <laughs> यहाँ कोई जानवर नहीं है मुझे कोई नहीं खाएगा okay. तो ये थॉट आना चाहिए दिस इज अ राइट थाट दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थाट बट दिस इज अ राइट थाट पॉजिटिव थॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो ना पॉजिटिव थॉट्स को क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं लाइफ में एक काम है उसको कर रहे हैं हो रहा नहीं है वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं नहीं नहीं नहीं हो जाए हो जाए स बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जाएगा। संदीप सर कहते हैं आने भी चाहिए। ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को जज कर सको आप देख सकोर आई है आपको और कंपेयर भी करना पड़ेगा मैं कहता हूं अपने आपको किसी से कंपेयर मत करो अरे आप एक कंपेरिजन एक कॉम्पिटेटिव फील्ड में जा रहे हो वहां तो करना ही पड़ेगा आप आकर के मेरे से पंजा लगा रहे हो और आपने स्टेक पे क्या लगा दिया है कि जो जीता आपका घर मेरा हुआ या मेरा घर आपका हुआ <laughs> यही तो स्टेक पे है एंट्रेंस आप क्रैक करने के लिए जा रहे हो लाखों रुपए लग रहे हैं लाखों रुपए है आपकी जेब में तो आपको लोन उठाना पड़ रहा है इसका मतलब आपका घर लग गया ना दाव पे तो आप अपना घर दाव पे लगा रहे हो किस बे पे कि मुझे लगता है मैं क्रैक कर लूंगा मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए किसी से भी लड़ने से पहले नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है वहां पर क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है मान लो यहाँ पर इस सब पूरी तैयारी में सब में मान लो इतने साल जाने वाले हैं और इतने पांच लाख रुपए लगने वाले हैं क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि आ, पचास हजार रुपए में या पांच हजार रुपए में या पांच सौ रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो वहाँ से लाख गुना बड़ा हो कि वो एंट्रेंस क्रैक करके जो लोग वहाँ जाने वाले हैं वहाँ से निकल करके आने वाले हैं वो लोग मेरी कंपनी में काम करें कैसा कुछ हो सकता है बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं है क्यों नहीं सोचते क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता मैं कैसे सोच लू जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा तो सब वही कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं। और वहां पर पॉजिटिव होना कोई बहुत अच्छा नहीं है आपको अपनी कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा लाखों में से कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होने वाला है यू नीड टू सी आप उसमें क्या इन्वेस्ट करने वाले हो वहां पर हम सोचते ही नहीं है दूसरा है कि बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं बिजनेस में कभी भी माइंड को बंद मत करना। करनाटिव एग्जाम में यू नीड टू हैव अ वेरी नैरो अजीब को बट इट इज अट इन एग्जाम इफ यूलो माइंड नैरोस कि बस चौबीस घंटे इसके अलावा और कुछ थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में बिजनेस <laughs> <Business laughs> में इसका बिल्कुल अपोजिट है वहां पर बहुत ब्रॉड <laughs> <laughs> माइंड क्या है यू नीट टू एंटरटेन मोर एंड मोर ऑफ आइडियाज कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूं ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है और क्या रास्ता है और क्या वहां पर आप नहीं बोल सकते और क्या रास्ता है वो ही पेपर होगा जो आपको देना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते और वेल डिफाइंड एक ही रास्ता है पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये बिजनेस में ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो आपको देखना सबसे पहले तो कि क्या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड माइंडेड है या नैरोड है अगर ब्रॉड माइंडेड है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू क्योंकि हर रोज कुछ नए थॉट आएंगे माइंड में अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है आई एम नॉट जजिंग एनीबडी एंड आई एम नॉट सेइंग सेरोइंडेड इन अ नेगेटिव वे हो सकता है स्कूल टाइम से ही आप ऐसे थे कि, कि मैं एक चीज में मेरे से ना बहुत सारी चीजें नहीं होती है एक काम पकड़ लिया बस उसी पर मैं लगावाऊँ लगाऊँ लगावाऊँ और मैं करता चला जा रहा हूँ कुछ होते हैं वो बाई बर्थ ही अजीब से होते हैं जैसे मेरे टाइप के करेक्टर होते हैं <laughs> वो मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते हैं समझ गए उनको होता है कुछ क्रिएटिव ये क्रिएटिव लोग बोलते हैं इनको हर सेकंड में कुछ अलग हो रहा है हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है तो वहां तो हर सेकंड में कुछ अलग नहीं हो रहा है तो मैं कैसे क्रैक करूंगा उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मेरे पास का तो नहीं है तो वो आपको जाकर के किसी ऐसे से समझना पड़ेगा जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका हो उसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूं बट इफ यू इफ यू हैव गॉट अटिव माइंड सेट अब वो हर एक का अपना अलग अलग होता है जैसे होता है ना घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें आप कर रहे हो कंप्यूटर में यहाँ पे वहाँ पे ये वो वट कि मतलब कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं तो वहाँ पर तो पूरा खुला हुआ दिमाग चाहिए कभी भी कोई भी अजीब सा थॉट आ सकता है उसको आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं काम किया दूसरा किया नहीं काम किया तीसरा अनलिमिटेड रास्ते हैं उसमें से कौन सा रास्ता काम करेगा कौन सा नहीं ये भी नहीं पता है वहाँ पे एक थ्रिल है समझ मतलब दिस इज एन अनोन पाथ विच लुक्स वेरी डेंजरस टू मोस्ट पीपल सबको श्योरिटी चाहिए अननोन से डर लगता है पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है इससे डर लगता है लोगों को तो सबसे पहला हैश खो देना सबसे पहला क्योंकि आपको कोई और बताता है आकर कि आप क्या हो आपको खुद को पता भी है आप क्या हो दुनिया आपको बताती है कि नहीं तू इस काम में अच्छा नहीं है <laughs> तू इस काम में अच्छा है दुनिया बताती है और आप करने लग जाते हो आपने बोला ठीक है सर लेकिन ब्रॉड माइंडेड मतलब चीज को हम कह रहे हैं उसमें सर लाइक अगर हमारे mind में कोई से रिलेटेड है और, और बिजनेस मतलब हम, हम नहीं है। नहीं है। में ऐसा नहीं है की जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे दो लाख रुपए चाहिए तो मेरे घर वाले कह रहे हैं दो लाख क्या तेरे को दो रुपए भी नहीं मिलेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती अगर आप ये कह रहे हो तो ये मेरे है ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है दो लाख छोड़ मैं तो दो रुपए से शुरू करूँगी <laughs> तो एक रुपए भी नहीं है तब भी होता है बिजनेस का पैसे ऐसी कोई कनेक्शन नहीं है अब आपने जो एग्जाम्पल दिया है मैं उसी से रिलेटेड आपको अभी बता देता हूँ ये काम बिना पैसे के कैसे कर सकते हो आप 100-200 रुपए अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो अगर फेल हो गया प्लान तो उसे भी तो वापस करने वो से मिले। 100-200 रुपए भी नहीं अरे 100 रुपए दो यार सुनो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे ये कर रहे हो करते रहो साथ साथ में ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आपको बता रहा हूँ क्या होती है अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं क्या करूंगा एज सिंपल एस दैट वेडिंग प्लानिंग में मेरे को आइडिया आ रहा है और अंदर से आ रहा है पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है या मैं बस वैसे ही मैंने बैंड बाजार बार देखी और ये देखा तो हो हूं कि हाँ मैं तो प्रशर बहुत ज्यादा मतलब हो देखो यह क्लियर हो गया कि मुझे है करना है।, अब सवाल आता है कैसे करोगे और फ्री में कैसे करोगे सौ दो सौ रुपए के अंदर आपके छपे विजिटिंग कार्ड आप बन गए प्लानर As simple as that. आपके visiting card बन गए founder and CEO whatever वट एवर जो भी आपकी कंपनी का नाम है ठीक <laughs> है आपका एक बन गया विजिटिंग कार्ड बन गया उसमें आपका नाम आ गया आपने क्या किया जो वेडिंग प्लानिंग कंपनीज है उनसे जाकर के टाइप किया आता हुआ बिजनेस किसको बुरा लगता है सौ रुपए आपके लगे विजिटिंग कार्ड के अंदर बाकी के बचे सौ रुपए ठीक है दो सौ रुपये में काम शुरू हो रहा है आपने क्या किया गूगल एडवर्ड के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया वहां पर कोई भी अगर सर्च करता है वेडिंग प्लानर तो वहां पर जब एड दिखती है तो उसके पैसे नहीं लगते हैं तो वहां पर जब एड दिखेगी तो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया तो उन्होंने तो क्लिक किया तो दस रुपए लगे या पांच रुपए करते हैं तो आपने ऐसे वर्ड चूज किए जो सस्ते हैं ठीक है जिसमें कॉम्पिटिशन कम होता है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं तो आपने वो सस्ते वर्ड चूज करें अगर किसी ने सर्च किया मान लो वेडिंग प्लानर्स इन ज्यादातर हो सकता है जो बड़े वेडिंग प्लानर्स होंगे वो, वो कॉम्पिटिशन तो प्लानर तो तो कम होगा तो आपको कितने का मिल गया पांच रुपए का मिल गया तो वहां से अगर बीस क्लिक हुए तो बीस क्लिक होने का मतलब क्या है कम से कम दो सौ लोगों ने आपकी एड देखी उस बीस क्लिक में से मान लो आपके पास में एक भी कॉल आई आपके पास में विजिटिंग कार्ड्स है या दो कॉल्स भी आपके पास में आई तो आपको काम शुरू हो चुका है पीछे से आपने किसी और से टाइप किया हुआ है कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप नाम होगा हमारा उसमें इतना परसेंट हमारा होगा इतना आपका होगा अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है क्लियर हो रहा है ऐसे शुरू करते हैं काम को और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो आई एम डूंग उनको थोड़ी पता है आप कहा हो कहा नहीं <laughs> उनको थोड़ी पता है कि ये सौ रुपए में काम शुरू हुआ है उनके लिए तो आप हो और अब आपको क्या चाहिएगा प्रोफाइल चाहिए क्योंकि तो जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे आपने क्या किया है तो जिनसे आपने टाइप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल क्योंकि करेंगे तो वही ना तो आप दिखा सकते हो देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है समझ गए उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या और वो आपके साथ में जा ही रहे हैं hmm. वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए क्योंकि आता वो पैसा किसको बुरा लगता है उनको भी आपने बोला हूँ <laughs> <laughs> उनको थोड़ी मतलब <laughs> <laughs> उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है अब चालके पुल के जो झूठ होते हैं ना दीज आर कॉल हार्मलेस लाइज यहाँ पर कुछ जाता नहीं है नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल क्योंकि करने वाले तो वही है ना आपको कोलैब्रेशन हो गया कैसे हो गया फ्री में हो गया उसमें अगर वो काम आया तो 20 परसेंट आपका 80 परसेंट उनका मान लो अगर पांच लाख में शादी हुई तो आपके पास में एक लाख रुपए आ गया यहां से चार लाख उनका है एक लाख आपका है अब इस एक लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है लखपति बन गए हाँ और इससे आप दो रुपए वापिस कर दोगे